नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्बल आज सुबह से तेज हवाओं के साथ अलग अलग, अलग जगह पर बरसात हुई है चारों तरफ पानी ही पानी है फतेहाबाद के साथ साथ कई अन्य इलाकों में भी जमकर बरसे हैं बादल खासकर फतेहाबाद के रतिया इलाके में भारी बारिश हुई है फतेहाबाद के रतिया इलाके में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें गलियाँ और बाछार जलमग्न हो गए खेतों और खलिहानों में भी पानी भर गया शहरी इलाकों में निचले क्षेत्र में पानी भरने से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई तो वहीं लोग एक तरफ से घरों में ही कैद होकर रह गए मूसलाधार बारिश के चलते प्रशासन और सड़कों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जल भराव के कारण कई जगहों पर वाहन फंसे भी दिखाई दिए ज़्यादातर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई इसके अलावा लोग घरों में ही जरूरी काम के लिए छाता लेकर के निकलने को मजबूर थे लोग कहीं सड़कों पर फंसे दिखाई दिए तो कहीं घर से निकलने के बाद गली में भारी जलभराव के कारण लोगों के कदम ही थम गए आप देख रहे हैं फल फतेहबाद से राजेश भांभू की खास रिपोर्ट बरसात बे मौसमी बरसात है बेमौसमी बरसात के कारण फसलें गिर गई है बाजार आया हुआ है वो भी नुकसान हो रहा है पहले गुलाबी सुंडी ने तय कर दिया था क्योंकि फूलने के कारण गुलाबी सुंडी लगी थी अब भी बरसाती मौसम के कारण हवा है तेज़ हवा है इसके कारण बरसात ये फसल है ना नरमें की ज़मीन पे बिछ गई हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें उचित स्तर पर मुआवजा दिया जाए और नर्मे की गिरने के कारण जो लेबर है ग्रामीण एरिए में तक तक इनको भी माने रोजगार का प्रबंध नहीं है कौन तो सी नुकसान हुआ है देखा। अब सारी फसलों का मानो मुख्य बने नरमा है बाजरा है और ये धान है उसकी भी बाली मान लो भी आ रही है उसका भी माने वो घूर देता है उसमें दाने में नुकसान है ये ये ये क्या जल हुआ है आज जो बहुत ज़्यादा हो चुका है और कमाशान बारिश हुई है इसके चलते वाहनों को बहुत दिक्कत आ रही है और तो वाहन कई वाहन बंद हो चुके हैं उसके चलते दुकानें भी बंद हैं और तो देखा जाए तो आप देख सकते हैं पीछे खूब बारिश हुई है हैं पानी जल भराब खूब है और जैसे फसलें हो गई नरमा कपासको भी बहुत दिक्कत हुई आती क्यों ये खत्म हो चुके हैं इनसे कोई दुकानों में हमारे दुकानों में कई दुकानों में पानी का जो नीचे नीचे हिस्से की जो दुकानें हैं उसमें पानी बढ़ाव बहुत ज़्यादा हुआ है